पल पल शुकर करा मैं पल पल शुक्र करा मैं पल पल शुक्र करा मेरे गुरु जी पाया दर्शन तेरा पल पल शुकर करा मैं पल पल शुकर करा मेरे गुरुजी पाया दर्शन तेरा पल पल शुक्र करा मैं पल पल शुक्र करा मेरे गुरुजी पाया दर्शन तेरा पल पल शुक्र करा मैं पल पल शुकर करा मेरे गुरु पाया दर्शन तेरा पल पल शुकर करा मैं तुम्हारा पल पल गावा गुरुजी सुख स्वर दादा पामा वाणी वा, पल भल गावा पल पल गावा गुरुजी सुख स्वर दादा पामा पुकान हम करिया मीता हम करिया का सुनता तिला दी पकान हम करिया का बल बल शुकरी करा पे पल बल परी करा मेरे गुरु जी पाया निराली, रानी उच्ची शाजनी रानी को सारी उच्ची शाज निराली, तेरी उच्ची शाज निराली, गुरु जी बना लगे कर पे कपल पल फुक करा पे पल पल फुक करा पे का पल पल फुक करा पे का पल पल शुक्री करा